वाले वाले बेटे।, बेटे बाकी बच्चों से भी कहें जल्दी से प्लीज। आए प्लीजुम रीच वाले वालेकुम अ कोई बार। कोई बात, बात, वालेकुम बेटे अल्लाह का शुक्र है बेटे मैं आप सब लोग खैरियत से हैं मैं ठीक हूं बेटे आप लोग ठीक हैं वालेकुम वालेक बस बेटे बाकियों के लिए भी दुआ करें सबके लिए जो लोग बीमार हैं बेचारे उन सबके लिए दुआ करें काफ़ी लोग बीमार भी हो रहे हैं तो हमारी दुआ ये है कि इन अल्लाह उनको जल्द सेहत याब करे ना शिफा दें उनको बीमारी और शिफा जो है दोनों अल्लाह के हाथ में और दुआ की हमारे पास वो है पावर है हमें कह रहा था कि आपको पता है कि जो अगर आप किसी अनरिलेटेड बंदे के लिए दुआ करें जो आपसे जिसका ब्लड रिलेशन ना हो वो दुआ बड़ी पावरफुल होती है ये हदीस है इस बारे में यानी एक अनरिलेटेड रिलेटेड है मिसाल के तौर पर आप अपनी दोस्तों के लिए दुआ करें आप मेरे हक में दुआ करें हम लोगों का ब्लड रिलेशन नहीं है ना लेकिन आपने एज़ वैसी आपने एक दुआ की एक जो भी नस्बत कह दीजिए जो भी कह दीजिए रिलेशन ना होगा तो वह दुआ बहुत अल्लाह के पास बड़ी उसकी वैली होती है क्योंकि अल्लाह साल उसको इस तरह से देखते हैं कि ये तो रिलेटेड भी नहीं है ये फिर भी दुआ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए तो ये ये फिर बहुत उसकी ना कबूलियत का एक बहुत बड़ा वो आया था आम नहीं आम चले जी बाईस हो गए हैं बेटे तो अब हम शुरू करते हैं कहानी इन शूम अब हमने बात की कल हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की हमने पांच किए थे वो जो पांच इश्यूज थे उसके बाद हमने हमने वेसल टाइप्स पे करके बात बात खत्म कर दी थी आज हमने की बात करनी है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर पूरा सुन लिया होगा तो देख लिया था लेक्चर बेटे हैं ओके देख लिया था गुट ओहो अंडर एटीन भी हैं आप ऐसे कुछ बच्चे uh. अब क्या करें मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है एटीन पे अच्छा ठीक है आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था मेरा खाता आप सब लोग 18 प्लस मैं इसको बंद करके ना दोबारा से कनेक्ट करता हूँ ठीक है मैं उसको उसकी आता हूँ ठीक है ना चलो फिलहाल मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ ओके अल्लाह हाफज़